यहाँ पे गाय मैंने एडस्टेरा ओपन किया तो यहाँ पे 100 डॉलर जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आज मैं आपको विड्रा लेके दिखाऊंगा यहाँ पे देखें की मिनिमम जो विड्रा है यहाँ पे 100 डॉलर है रुको जरा सबर करो तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने कितने दिनों में अर्निंग की है तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 9, 10 और 11 में मैंने ये तीन दिन में अर्निंग की है मजा आया तो ये क्लिक वगैरह भी आप देख सकते हैं और सीपीएम भी मेरा देख सकते हैं तो ये देखेंगे तीन सौ जो है मेरा एक दिन में मतलब के सी गया है ठीक है मारो, मारो, नहीं, नहीं मारो, मारो। मुझे नहीं ये मजाक मजाक हो हो रहा है, ओ, हो रहा है है। एक सेकंड। यार और मैंने अर्निंग कितनी की है? ये देखें नौ तारीख को मैंने अर्निंग की थी छियालीस डॉलर और ये देखें कि 10 तारीख को मैंने की थी 28 डॉलर और 11 तारीख को मैंने की थी 26 डॉलर ठीक है टोटल बनता है 100 डॉलर और आप थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 100 डॉलर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं तो अभी इसको विड्रा में किस तरह करवाऊंगा मैंने इसमें पहले भी विड्रा करवाया था तो वो मैं वीडियो नहीं बना सका तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं की पहले जो विड्रा मैंने लिया था तो यहाँ पे मैंने यूएस में कन्वर्ट उसको कर लिए थे तो यहाँ पे बिटकॉइन में भी आप देख सकते हैं कि अभी जीरो प्राइस है तो जब मैं विड्रा पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है बिटकॉइन में मैं लेने वाला हूँ तो अभी राइस मैं विड्रॉ पे मैं क्लिक करता तो यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा क्यूँकी ये देख भी सकते हैं कि अभी नौ से छह बजे तक ये बैठते हैं तो अभी मैं कुछ देर वेट करके तो मैं विड्रा करके तो यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाता हूँ तो कुछ देर मैं वेट करता हूँ Hours later. तो गाइज तीन घंटे हो चुके हैं तो अभी मैंने विद्रॉ लगा दिया तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अभी 00 प्राइस आपको शो हो, हो रही है तो मैं पाइर में भी जाके आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अभी ये एक डॉलर ही है तो यहाँ पे बिटकॉइन में 00 इसलिए दिखा रहा है क्यूँकी मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया है तो गाइज में अभी रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने अभी रिफ्रेश किया है तो यहाँ पे देख भी सकते हैं पहले जीरो शो हो रहा था तो अभी यहाँ पे बीटकॉइन में लिखा आ रहा है जीरो शरिया मुझे विड्रा मिल चुका है तो यहाँ पे अभी इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं यूएसडी में तो आप कर सकते हैं तो अभी मैं एडस्टेरा में जाता हूं एडस्टेरा में आने के बाद यहां पे आपने क्या करना है कि आपने वो वाले एड लगाने हैं जिसका हाईएस्ट सी हो ठीक है तो आपने किस तरह ये लगाने हैं ये ए टू जी अगली मैं वीडियो में या फिर आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना क्योंकि इसी तरह की इस चैनल पे वीडियोज आती है अगर आप मेरी वेबसाइट के एड्स वगैरा देखना चाहते हैं मैंने किस तरह लगाए हैं एडस्टेरा के तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ब्लॉगर पे जाके आपने देख लेना है अगर आप YouTube की अर्निंग वगैरह देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि शॉर्ट शोर्ट पे शॉर्ट शॉर्ट पे पे जाना है, पे जाने के बाद आपने क्या करना है, कि थोड़ा सा नीचे आना है। और अपलोड की है तो गाइज एडरा की जो अर्निंग है मैं हर तीन दिन के बाद आपको अर्निंग दिखाऊंगा तो हंड्रेड प्लस ही होंगे तो मैं विड्रा भी आपको लेके दिखाया करूंगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में थैंक फॉर वॉचिंग